गाइज आप सब वंडर कर रहे होगे कि रेविनेंट और एक्सो का क्या सीन हो गया क्या नहीं हुआ तो सिंपल रूल बुक में मेंशन रहता है वो अपने ऑफिशियल गाइडलाइंस में भी है अगर तुम्हारे पॉइंट्स सेम है तुम्हारे फिनिशर्स पोजीशन पॉइंट्स तुम्हारे चिकन डिनर सब सेम है तो तुम्हारा जो लास्ट मैच का लास्ट मैच के रैंकिंग्स के हिसाब से तुमको नवाजा जाएगा ये गेम वो सब कुछ बदले हालांकि उतना बदलना भी कितना बदलाव लाएगा वो भी yeah. एक सवाल है लेकिन एक चिकन डिनर की दरकार खैर कुछ टीमों को जरूर है जिनका खाता खुलना है अभी